हो सकता है वो धीरे आँच के तुम्हें मारना चाहता है क्या बेडू भेड़िया हाँ एकदम बवाल है यार ये हाँ तू तो सही मजा आएगा अभी खतरनाक क्या मजा भी आएगा वाह फिर तो और बढ़िया oh, no! तू भी ना यार देख देख hey! वाह यार ये तो मस्त है हा हा वो तो है ही सही वैसे है क्या ये सॉरी ट्रेलर है अबे ये भी बवाल है ट्रेलर पर काई का ही कहा तो बता हाँ वो बेडिया आ रहा है ना उसका है बेडिया आ रहा है बेडिया कहां से आ रहा है भाई मरवाने का विचार है क्या भेड़िया अब सिनेमा हॉल में और का? क्या बेडिया में आ रहा है किसी बात कर रहा है यार अरे भाई फिर उसके टिकट कौन देगा यार भाई टिकेट? अरे उसी के लिए तो सभी लोग टिकट लेंगे क्या बोल रहा है यार मजाक मजाक कर रहा है क्या ओए जंगल बुक के मोगली बेडिया फिल्म है हम्म जो सिनेमा हॉल में आने वाली है तुझे तो पता नहीं है क्या उसके बारे में तो अच्छा तो ऐसे बोलना है यार तो तो फिर सही है यार हम भी जाएंगे फिर भेड़िया के साथ में अबे समझदार तू किसकी बातों पर ध्यान दे रहा है शुरू कर इसके चक्कर में क्या पड़े ठीक है मैं चालू करता हूँ <laughs> लगता है तेरी तो टीवी खराब होगी यार गरीब हो तुम भी ना अबे सही तो आ रही है यार तुझे सही लग रही है ना सही आ रही है यार यार हम्म सही सही तो आ रही सही आ रही रही है है क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं भाई एक काम कर में में लगा में। अमीर बन अमीर। चल इतना बोल रहा है तो करता हूँ लगा ना यार कर रहा हूँ यार संदीप पकड़ो oh no. अब देखेंगे ना फोर के में मजा आएगा अबे hey. ये क्या हो गया यार अब तेरी मिल गए अब जो चल रहा था वो भी बंद करा दिया इसके चक्कर में इसकी बात माननी ही नहीं कभी मुझे <laughs> अब इसमें मेरी गलती नहीं है पागल तो एयरटेल फाइव जी के जमाने में टू जी यूज करेगा तो ऐसा ही होगा ना वो क्या होगा नहीं तो तुम तो मेरा गरीब हो साले है तेरे पास है ना 5G तू दे, दे मुझे हॉट स्पॉट अभी तू तो किस मांग रहा है 5G ये ये 5G देगा तुझे अबे इसके पास 2G भी नहीं है, तो है। मतलब अबे भाई मेरे पास मोबाइल ही नहीं है स्क्रीम की बात कर रहा है यार है। लेकिन मेरी तो कोई टेंशन नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी टीवी बंद हो गई क्योंकि मैंने तो पहले ही देख लिया था वो भी मोबाइल पे तो भाई बताना फिर मूवी कैसी है मूवी अबे भाई अभी तक ट्रेलर ही आया है बस मूवी अभी आई नहीं है हाँ तो वो ही बता दे तो जैसा कि तुमको पता ही है मूवी का जो टाइटल है वो है भेड़िया तो ऑफकोर्स मूवी कुत्ते के ऊपर होने वाली है सबको पता है यार oh no. अभी नहीं मूवी मीडिया के ऊपर ही होने वाली है अरे यार बात सुनता नहीं है यार मैं नहीं बता रहा यार hey. अभी कुत्ते के पिल्ले क्या बता रहा है तो आदि पुरुष के स्क्रीन राइटर अब हीरोन हीरो कौन है समझदार hey. तुम नहीं सुतरोगे यार हाँ यार उसमें क्या है वरुण और कृति है मूवी में जो मैंने लीड कर रहे हैं मैं नहीं इस बार कॉपी नहीं है इस बार ओरिजिनल है पक्का <laughs> चल फिर तो मेरी टिकट टिकट चलते देखने साथ में अब यार यार तुम्हारी क्यों बुक क्या ओरिजिनल टिकट बुक करा पहले फुट बाय बाय मिलते हैं फिर बाद में टिकट बुक कराना है यार